तो सब्सक्राइब करो करो वो जो लाल वाला बटन है है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। so guys, आप गए में आपका स्वागत आज आज खेलने वाले हम वाले हम हम बोली थी करने छोटा सा एक गि भाई को करने वाला इस को गिफ्ट क्या आपको भी चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी यू आई डी और चैन यू आई जरूर लिख देना है इस चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंडों को शेयर करो और मुझे वन के पे जल्दी जल्दी पहुंचाइए गाइस यही है और जल्दी जल्दी लाइक करो लाइक करो आप भी लो आप भी लो हम भी लेंगे जल्दी वन करवाइए जल्दी जल्दी बट आगे बढ़ से अपने भाई का नाम भी जाने लीजिए मेरा नाम है करोड़ा आप देख रहे हैं चैनल रेस्पी का मेरा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको जनवान खंडा मिलता है और मिलता ही रहेगा गाइस मैं इसको गिफ्ट करने वाला हूँ वाली एक ही क्रेडिट क्योंकि भाई गाइज़ अभी छोटा ही जल्दी जल्दी फैमिली बड़ी यानी कि सब्सक्राइबर जल्दी बढ़वाओ और मैं आपको बड़े बड़े गिवे भी करेंगे जल्दी से बढ़वाइए आपको भी चाहिए चाहिए न जल्दी कर देना वे सर्च पर आई डी आ जाए सर्च सर्च सर्च में था। ये ही कहाँ यही है यही है यही यही एक ही क्रिएट कर दो ना यार एक ही क्रिएट कर देता हूँ अभी क्योंकि यार अभी है ही कहाँ पर डायमंड सैक्स्ट गिफ्ट ना कर दिया मैंने गिफ्ट आपको भी चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो अगली वीडियो में एक छोटा सा गेफ और रखेंगे ओके अभी के लिए बाय साइड में दो वीडियो देख रही होने जो देख लेना अभी के लिए बाय बाय